आप सभी लोगों को जनपद वासियों को अपने कीर्तिक कुंज परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और अभिनंदन करते हैं हमने 20, 21, 22 तीन दिन के लिए एग्जिबिशन ऑर्गेनाइज किया है अपने दोनों प्रतिष्ठान पे नैन गोल्ड पैलेस पे और दूसरा प्रतिष्ठान कीर्ति कुंज प्राइवेट लिमिटेड पर ये दिन का जो एग्ज़िबिशन हमने प्लान किया है इसमें विश्व भर के पूरे वर्ल्ड का जो न्यू डिज़ाइन न्यू कलेक्शंस की जो ज्वेलरी है वो हम लोग ने यहाँ प्रस्तुत किया है हमारे पास टोटल साढ़े चार लाख के डिज़ाइन के साथ हम लोग ने यहाँ पे आया है छोटे आइटम से लेकर के बड़े आइटम तक का जो कि न्यू कलेक्शन जो कि आप पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो, तो चुकी आ, का, जो न्यू डिज़ाइन छपी है अभी बाहर भी कई एग्जीबिशन वगैरह जो ज्वेलरी लगते हैं वहाँ के जो लेटेस्ट डिज़ाइन है वो सारे डिज़ाइन अपने पास आ गए हैं इस एग्जिबिशन में और इस एग्जीबिशन में हम लोग तीन दिन में जो बाज़ार का भाव चल रहा है जैसे कि 92 टू का ज्वेलरी है तो 92 का रेट लग रहा है 18 का है तो 18 का रेट लगेगा उसके अतिरिक्त 5% का एडिशनल हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं बेसिकली क्या हुआ था कि पिछले तीन महीना पहले गवर्नमेंट ने पाँच एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था तो डॉलर भी बढ़ गया था वहीं हम लोग ने पाँच परसेंट कम्पल्सिट के रूप में हम लोग ने अपने सम्मानित ग्राहकों के लिए अपने सभी ग्राहकों के लिए पाँच परसेंट का अतिरिक्त छूट लेकर हम लोग इस प्रदर्शनी में आए चाहे वो बाईस केट की ज्वेलरी हो चाहे वो अट्ठारह केट की ज्वेलरी बोले उन तो सभी ज्यूली पर उनको पाँच परसेंट मिलेगा इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ डायमंड ज्वेली के भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट्स और कूपन चल कूपन का मतलब वो ऐसा कूपन है कि वो कूपन स्क्रैच करेंगे और उसमें उनको इंस्टेंटली कैशबैक मिलेगा हम लोग कोई गिफ्ट स्कीम नहीं पाते हम लोग कस्टमर को जो भी होता है उनका पैसा है इस पैसे की वैल्यू करते हैं वो पैसा उनको हमें रिटर्न कर हम लोग अट्ठारह कैरेट है तो अठारह कैरेट लेंगे बाईस कैरेट है तो बाईस कैरेट लेंगे ऐसा नहीं है कि अठारह कैरेट है तो हम लोग पूरे का चार्ज करके लेंगे जो ऑर्डर दुकानदारों को रही बात मेकिंग चार्ज का मेकिंग चार्ज हमारा रिजनेबल होता है 4.9 परसेंट से स्टार्ट है अपटू द डिजाइन के ऊपर डिपेंड है अदर ब्रांड की कंपनी फिफ्टी परसेंट हमारा इकोनॉमिकल प्राइस है अभी आप अदर ब्रांड की बात करेंगे तो वहाँ पे यूजुअली 18 से 25 परसेंट के बीच में मेकिंग चार्ज रहता है बट अपने यहाँ फोर से हमने स्टार्ट किया है स्टेक किया है फोर से लेकर के अप टू दैट डिज़ाइन पर डिपेंड है कोई जैसा डिजाइन वैसे जोड़ रही है इसके अलावा हमारे यहाँ एच यू आई डी ज्वेलरी आपको सारा मिलेगा सब पे हर एक ज्वेलरी पे हमारा एक स्टैंप होता है कोड होता है आठ डिजिट का वो ऑनलाइन के थ्रू भी हम लोग चेक कर सकते हैं वो ऐसा कोड रहता है एक डिजिट का कोड रहता है वो उ, उस कोड के जरिए हम लोग ये पता करेंगे कि क्या ये ज्वेलरी हॉलमार्क है क्या इसकी प्योरिटी जितना मैं बोल रहा हूँ क्या वो प्योरटी इसमें है उसके इस अलावा हम लोग गारंटी कार्ड देते हैं उसमें ज्वली का फ़ोटो इसका वेट इसकी प्योरिटी इसका डिज़ाइन कोड पूरी आपको अंकित हुआ मिलेगा उस को कार्ड में इसके अतिरिक्त हमारे पास कैरेटोमीटर है जोल टेस्टिंग मशीन के हम लोग ज्वली चेक करा के कस्टमर को हम लोग लेते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम अपने सभी सम्मानित ग्राहकों को जनपद वासियों को सभी लोगों को हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार इस तीन दिन के लिए वो जरूर आएँ और देखें कलेक्शन देखें और उनको कुछ ना कुछ ज़रूरी डिफरेंट मिलेगा अच्छा मिलेगा रेड भी अच्छा मिलेगा वैरायटी भी मिलेगा उनको लगेगा कि नहीं हमको एग्जीबिशन ज़रूर आना चाहिए धन्यवाद